फ्रेंड्स यदि आपने कोविड 19 का वैक्सीन यानी कि पहला डोज या सेकेंड डोज लिया हुआ है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा जिसमें एक लिंक सेंड किया गया होगा उस लिंक पर जाकर आप अपने कोविड नाइन्टीन के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हो लेकिन कभी किसी कारणवश आपका वो मैसेज डिलीट हो जाता है या वो लिंक आपके मोबाइल में नहीं होता है तो आप कोविड डॉट इन या आरोग्य सेफ्टी एप्स पर जाकर आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हो लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सुनील आपको एक नया प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप में किस प्रकार से अपने कोविड नाइन्टीन के सर्टिफिकेट को आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो जी हाँ आप व्हाट्सएप में आपका कोविड नाइन्टीन का सर्टिफिकेट डायरेक्ट आ जाएगा इसलिए वीडियो पर बने रहें स्किप न और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आज कुछ नया सीखते हैं ले चलता हूं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको एक नया प्रोसेस बताता कि आप अपने में आप अपने WhatsApp किस प्रकार से डायरेक्टवाइए 19 के वैक्सीन को यानी तो कि इस वीडियो को के को, पहला डोज या दूसरा डोज को यदि आपने लगवा लिया है और आप यदि चाहते हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट को यानी कि पहला दोज या दूसरे दोज के सर्टिफिकेट को सीधा WhatsApp में आप मंगवा लें यानी कि यह या सर्टिफिकेट सीधा आपके WhatsApp में आ जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है स्क्रीन पे जो नंबर आपका शो हो रहा है यहाँ पे नाइन ज़ीरो वन थ्री वन फाइव वन सबसे पहले आप किसी भी नाम से इस मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें जैसे कि मैं यहाँ पे कोविड नाइन्टीन सर्टिफिकेट के नाम से इस नंबर को मैंने सेव किया हुआ है इस नंबर को सेव करने के बाद आपको क्या करना है आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लें व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जहाँ भी आपने इस नंबर को सेव किया उसे सर्च कर कर सबसे पहले ओपन कर लें देखिए फ्रेंड्स मेरे व्हाट्सएप में बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना कोई मैसेज है ना कोई सर्टिफिकेट और बिल्कुल मैं आपको ये लाइव कर, कर दिखाऊंगा मेरा कोविड 19 का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सीधा मंगवा कर दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैसेज में टाइप क्या करना है कोविड 19 सर्टिफिकेट तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ कोविड 19 सर्टिफिकेट कोविड नाइन्टीन सर्टिफिकेट यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है सेंड करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओ सेंड किया जाएगा जिसे आपको यहाँ पर फिर से आपको भेजना है तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप कोविड 19 सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे मैसेज में टाइप करें और उसे सेंड करें उसको सेंड करने के बाद देखिए मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ आ चुका है जिस ओ को मुझे यहाँ पर फिल करना होगा ओ टी को यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर से मुझे उस ओ को यहाँ पे सेंड कर देना है मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो ओ आया उस ओ को मैंने फिर से मैसेज में जाकर यहाँ पे टाइप किया और सेंड किया सेंड करने के बाद देखिए फिर से मेरे पास मेरा नाम आ चुका है यहाँ पर और यहाँ पे कहा जा रहा है मुझसे कि वन टाइप कर कर मुझे सेंड करने के लिए तो मैं फिर से यहाँ पर वन टाइप कर दे रहा हूँ वन टाइप करने के बाद मैं इसे फिर से सेंड कर दे रहा हूँ अब देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स मैसेज वन यहां पे मैंने टाइप कर दिया और सेंड कर दिया उसके बाद देखिए यहां पे मेरा आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिल्कुल लाइव करके आपको दिखाया मैंने यहां पे देखिए मेरा सर्टिफिकेट यहां पे आ चुका है तो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए जब इसे आप ओपन करोगे सर्टिफिकेट पर नीचे देखिए यहाँ पर रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप क्लिक करोगे जब तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है आपके मोबाइल में पीडीएफ यदि होगा तो यह सीधा आपके पीडीएफ में जाकर ओपन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट इस प्रकार से कुछ व्हाट्सएप में सीधा आ चुका है तो इस तरह से आप यदि वैक्सीन पहला डोज या दूसरा डोज दे चुके हैं आप अपने सर्टिफिकेट को सीधा अपने WhatsApp में मंगवा सकते हैं इस प्रकार से आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का मेरा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद